कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है शर्मा ने कहा राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना इस बात का सबूत है कि की वही राहुल गांधी है जो जेएनयू में दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते थे राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से वे बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने कहा ये वही राहुल गांधी है जो जे में दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर प्रश्न खड़ा करते थे और जब भारत के सैनिकों का सर कर्म करने वाले पाकिस्तान पर सेना सर्जिकल कर स्ट्राइक करती है तब राहुल गांधी पूछते हैं इसका प्रूफ क्या है यह सिद्ध करता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं यह भारत तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने वाली यात्रा है शर्मा ने कहा राहुल गांधी जी यह देश आपसे पूछना चाहता है आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये इस बात का दूतक है कि ये वही राहुल गांधी हैं, जहां पर जेएनयू में दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते थे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह मोहनचंद शर्मा की सादत पर प्रश्न खड़ा करते थे और जब भारत के सैनिकों का शर्म करने वाली सर कलम करने वाली पाकिस्तान की सेना का जब सर्जिकल स्ट्राइक से जब भारत के सैनिक जवाब दे करके आते हैं तब तो राहुल गांधी पूछते हैं इसका प्रूफ क्या ये सिद्ध करता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं ये भारत तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने वाली यात्रा है राहुल गांधी जी ये देश आपसे पूछना चाहता है आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वी शर्मा ने कहा आप जब आरएसएस पर वक्तव्य देते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग जो आपकी इस यात्रा में मुख्य तौर पर आपके साथ भूमिका निभा रहे हैं यह सिद्ध करता है आप भी पाकिस्तान समर्थन की भूमिका में हैं। इस यात्रा को यह देश और देश की जनता देख रही है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इसका जवाब आपको इस देश को देना पड़ेगा और इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं है इस बात का कि आप आर पर और जिस प्रकार के आप वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग जो आपकी इस यात्रा में मुख्य तौर पर आपके साथ भूमिका निभा रहे और आप भी पाकिस्तान समर्थन की भूमिका में हैं। ये सिद्ध करता है कि इस यात्रा को ये देश और देश की जनता देख रही है कि की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इसका जवाब आपको इस देश को देना पड़ेगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके